ओ मैं निकला और गाड़ी ले के मोड़ा या ओ भाई यहाँ तो कोई कंपटीशन हो रहा है चलो मैं भी जाता हूँ अबे नुबड़े रहने दे तेरे बस की बात नहीं है अरे नहीं मैं तो जरूर करूँगा अच्छा ठीक है जो जीतेगा उसे एक लाख रुपए मिलेंगे और हारेगा उसे ऊपर से छलांग लगानी होगी रुको मैं अभी मेरी लेम्बर लेकर जाता हूँ ये नुबड़े किया मुझे हरायेंगे इनकी थोड़ी ना ओका दे एक लाख रूपए तो मुझे ही मिलेंगे अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल है कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गयी एक नुबड़े तेरा भी यही वाला है। गई भैंस पानी में अच्छा हुआ ये हार गया बहुत उछल रहा था साला चलो अब देखते हैं एडम क्या करता है रूं रूं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है ये तो मैं बचपन में किया करता था चल बोत लाभ मेरे एक लाख रुपए अरे हाँ मैं तो भूल ही गया चल अब कूद इधर से अरे नहीं मुझे डर लगता है मैं नहीं कूदूंगा अरे मेरे बाबू को डर लगता है रुको अभी डर भगाता हूँ